दिसंबर उन्नीस सौ की रात की एक जीन नामक उन्नीस साल की लड़की अपने दोस्तों से मिलकर अपने घर वापस जा रही थी जीन ने घर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसी गाड़ी बर्फ की वजह से स्लिप हुई और गाड़ी बंद पड़ गई उसने गाड़ी को चालू करने की बहुत कोशिश करी लेकिन गाड़ी के बाहर का तापमान माइनस डिग्री के आसपास था और ठंड तेजी ऐसी बढ़ रही थी जी ने अनुमान लगाया की उसके दोस्त का घर कुछ ही दूरी पर है और अगर वो गाड़ी में रुकी तो वो ठंड की वजह से मार जायी वो गाड़ी ऐसी बाहर निकलकर भागने लगी घर खोजते खोजते कुछ घंटे बिग गए लेकिन आखिर में उसे वो घर दिखा वो ठंड से काफते हुए उस घर की और भागी लेकिन ठंड की वजह से वो वहीं गिर कर बेहोश गई सुबह जी के दोस्त को जीन बर्फ ऐसी ढकी हुई मिली उसकी आंखें खुली हुई थी जिनका शरीर बर्फ की तरह जमकर कड़क कुछ बता जिन इतना जम चुकी थी कि उसके दोस्त नल्सर ने उसे खड़ा उठाया गाड़ी में रखा और तुरंत हॉस्पिटल ले गया यहाँ डॉक्टर से बताया कि इसका बचना नामकिन है डॉक्टर से थर्मामीटर मुंह में डालने की कोशिश करी लेकिन मुख्य खुली नहीं रहा था डॉक्टर ने शरीर को गम करने वाले इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी लेकिन इंजेक्शन शरीर में घुसी नहीं रहा था आखिर में डॉक्टर ने जिनक इलेक्ट्रिक कंबल में ढक्का रख दिया कुछ घंटों बाद उसका शरीर नर् होकर काला पड़ गया लेकिन किस्मत से जी हिलने लगी उनचास दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जी एकदम ठीक हो गई और आज भी जी हिलेरिका के मेसोडा में रहती है